जय श्री राधे जय श्री हरिदास श्री बांके बिहारी लाल की जय आप सबको बिहार पंचमी जो कि श्री बांके बिहारी लाल जी का प्राकट दिवस है की हार्दिक शुभकामनाएं हिंदू पंचांग के अनुसार मार्ग शीष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री धाम वृंदावन में स्वामी हरिदास जी के लड़ेते ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी का प्राकृतिक उत्सव मनाया जाता है स्वामी श्री हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है स्वामी श्री हरिदास जी वृंदावन स्थित श्री कृष्ण रास स्थली निधिवन में बैठकर कर श्री कृष्ण भगवान को अपने गीत संगीत से रिझाया करते थे काना की बक्ति में डूब स्वामी हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते स्वामी श्री हरिदास जी निधिवन के कुंजों में प्रतिदिन नित्य रास और नित्य विहार दर्शन किया करते थे और अत्यंत सुंदर पद गाया करते थे इनकी भक्ति और गायन से रीछ कर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने प्रकट हो जाया करते फिर स्वामी श्री हरिदास जी अपने कहना का लाड़ा दुलार किया करते थे एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही श्री कृष्ण जी का दर्शन लाभ पाते हैं हमें भी सावरे सलोने का दर्शन करवाएं इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण जी की भक्ति में डूबकर कर भजन गाने लगे गायन से प्रसन्न होकर श्री राधा कृष्ण जी की युगल जोड़ी प्रकट हो हरिदास जी के पास रहने की इच्छा प्रकट की हरिदास जी ने कहा कि प्रभु मैं तो संत हूँ आपका साज श्रृंगार कर लूंगा आपको लंगोट पहना लूंगा लेकिन माता का श्रृंगार कैसे करूंगा माता को नित्य आभूषण कहा से लाकर कर दूंगा अपने भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हो गई। स्वामी हरिदास जी ने इस विग्रह को श्री बांके बिहारी जी का नाम दिया यह स्वयंभु प्रतिमा श्री धाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में स्थापित है यह काले रंग से सुशोभित त्रिमंगी शरीर के तीन स्थान कमर होठ और पैर से टेढ़ी है इनके दर्शन मात्र से श्री राधा कृष्ण जी के दर्शनों का फल मिल जाता है मान्यता है कि जो भक्त बांके बिहारी जी का दर्शन करता है वह उन्ही का हो जाता है बिहारी जी के दर्शन व पूजन से भक्तों के सभी कष्ट और संकट मिट जाते हैं उनका मन कृष्ण भक्ति में ही रम जाता है वैशाख मास की तृतीय तिथि पर जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है उस दिन पूरे एक साल में सिर्फ इसी दिन श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन भगवान के चरणों के दर्शन बहुत शुभ और फलदायी होते है ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज ब्रज के सबसे लड़ेते ठाकुर हैं। बिहार पंचमी महोत्सव हर ब्रजवासी के लिए बड़े उत्साह और हर्षोल्लास का दिन होता है इस दिन स्वामी हरिदास जी महाराज निधिवन से सुंदर चांदी के रथ पर सवार होकर अपने लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज को उनके प्राकृतिक की बधाई देने मंदिर जाते हैं इस रथ यात्रा में सभी रसिक जन नाचते गाते लाड़ लड़ाते और भाव विवोर होते हुए शामिल होते हैं और ठाकुर जी को अपनी अपनी भावना से प्रकट की बधाई देते हैं शास्त्रों में वृंदावन की भूमि को देवभूमि कहा गया है यहाँ की भूमि की रज माते पर लगाने मात्र से भक्तों का जीवन सफल सुखमय हो जाता है यहाँ के कण कण में राधा कृष्ण के प्रेम की ध्वनि सुनाई देती है मेरे लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी के भक्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद श्री बांके बिहारी लाल की जय हो